भवानी बास करो मेरे घट के पट देखो रसना पे वास करो मैया मेरे सुख सब मुखबो एक भक्त माँ भवानी से प्रार्थना करता है कि हे माँ मेरी स्थिति बहुत डाउन है मैं बहुत दुखी हूँ तो मेरी बिगड़ी बात को बनाओ मैया तो कह रहे हैं बिगड़ी मेरी बना दे जी चिगड़ी मेरी बना दे। रोवाली मैया मेरी बना दे ऐसे रो वाली मैया ऐसे रो वाली मैया अपना मुझे बना ले मेरी मैया अपना मुझे बना ले मेरी मैया अपना मुझे बना ले ऐसे बिगड़ी मिली दे। ऐसे देर वाली भैया बिगड़ी मिली बना मई कुछ रही है पर बरस रही है पे मुझे बुला ले मेरी मैया पे मुझे बुला ले मेरी मैया दर पर मुझे बुला अपना बना ले मुझको अपना बना ले झोली भर मार मरते को अब जीवा दे मेरी मैया मरते को अब जीवा दे मेरी मैया मरते को अब जीवा दे ऐसे बवाले मैया मरते को अब जीवा Oh, oh, oh.